असलमकम वरमि वर्का कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग असल खैरियत और आफ़ियत से होंगे आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ अहम बातें बतला बतलाने वाला हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 उसूल हैं कौन कौन से उसूल हैं जान लीजिए है। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या असूल बनाए थे और हमें भी उन बातों पर अमल करने हमें भी उन बातों पर अमल करना चाहिए तो पहली चीज आपने फरमाया फजर और इशराफ असल मगरिब और मगरिब और ईशा के दौरान सोने से बाज रहा करो पहली चीज क्या फजर और इशराफ असल और मगरिब मगरिब और ईशा के दरमियान सोते मत सोने से बाज रहा करो मतलब हम लोगों को नहीं सोना चाहिए आपने फरमाया दूसरी चीज बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो तीसरी चीज आपने फरमाया उन लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से कबल क्या करते हैं बातें करते हैं बड़ी अहम चीज बदला बड़ी अहम चीज आपने फरमाया तुम बाएं हाथ से ना खाओ फिर आपने फरमाया मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ आपने फरमाया अपने खाने पर उदास ना हुआ करो अपने खाने पर उदास ना हुआ यह आदत हमारे अंदर नाशुक्ति पैदा करती है फिर बदलाया आपने फरमाया गरम खाने को फूंक से ठंडा ना करो फिर आपने कहा अंधेरे में मत खाना खाओ फिर आपने फरमाया खाने को सूंघा भी ना करा करो क्योंकि खाने को सूंघना बद होती है उसकी बेदबी होती है तो आपने इससे भी मना फरमाया आपने फिर फरमाया मुंह भर करके ना खाओ इससे क्या होता हमारा मेहनत जल्दी से कमजोर हो जाता है इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है फिर आपने फरमाया हाथ के कड़ाके ना निकाला करो फिर आपने फरमाया जूते चप्पल पहनने से कब्ल क्या कर लिया करो उसे झाड़ लिया करो हो सकता है उसमें कुछ बैठा हो मतलब आपने जो भी चीज बतलाई उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए फायदा जरूरत है तभी तो आपने बतलाई है अब देखो जूते चप्पल झाड़ने से कबल मतलब क्या हुआ पहनने से कबल से झाड़ लेना चाहिए पहले से झाड़ लेना चाहिए इससे क्या हो सकता है उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा बैठ गया और आप देसी पैर पैर उसके अंदर दाखिल करेंगे पहनने के लिए डालेंगे हो सकता है वो आपको ही नुकसान पहुंचाए तो हम कुछ ना कुछ तो इससे बचेंगे फिर आपने फरमाए नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखा को फिर आपने फरमाया हाज़त की जगह मतलब टॉयलेट में थूका मत करा करो आपने फरमाया लकड़ी के कोयले से दांत भी ना साफ करा करो फिर आपने फरमाया अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो सख्त कोई अगर देखो कि बहुत मुश्किल चीज है उसको आपने दांतों से मत तोड़ो किसी और चीज से तोड़ो फिर आपने फरमाया हमेशा बैठ कपड़े तब्दील करो मतलब बदला करो फिर आपने फरमाया दूसरों के ना तलाश करो फिर आपने फरमाया बैतुलखला में बातें ना किया करो करो के अंदर बातें ना किया आपने आपने फरमाया फरमाया दोस्त को दुश्मन बनाओ फिर आपने दोस्तों के बारे में झूठे किस्से बयान भी ना करा करो फिर आपने फरमाया ठहर ठहर कर बोला करो मतलब अच्छे से अल्फाज निकाल कर बोला करो ताकि बात पूरी तरह समझ में आ फिर आपने फरमाया चलते हुए बार बार पीछे मुड़के भी ना देखा करो इससे क्या होता मतलब नहीं मुड़ना चाहिए आपलम तो ने भी चलने के उसूल वो भी हैं फिर आपने फरमाया एड़िया मार कर ना चला करो एड़िया मार कर चलना तकबुर की निशानियों में से है फिर आपने फरमाया किसी के बारे में झूठ ना बोलो आपने फरमाया शेखी ना बहारो आपने फरमाया अकेले सफर ना करो आपने फरमाया अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो फिर आपने फरमाया फैसले से कबल मशवरा जरूर कर लिया करो अगर कोई मतलब जजमेंट सुनाना है तो उससे कबल उससे पहले मशवरा जरूर कर लिया करो और मशवरा हमेशा समझदारी के बजाय तजुर्बेकार शख्स से करना चाहिए मतलब ये नहीं की समझदार देखो ये देखो तजुर्बेकार कौन हो फिर आप आपने फरमाया तो कभी एक ऐसी बुरी आदत है जिसका नतीजा कभी अच्छा ही नहीं होता वो कहते हैं ना समुद्र में कश्तिया मतलब में कश्तियां और में ये जल्दी ही डूब जाया करती है तो, तो आप वही बात बतला रहे हैं गुरूर एक ऐसी आदत है जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं होता फिर आपने फरमाया गदागरों का पीछा ना किया करो आपने फरमायाबत में सब्र किया हो मतलब कुछ अगर गरीबी है तो इसमें सब्र करो बेसब्री मत दिखाओ फिर आपने फरमाया मेहमान मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो यह आदत हमारी शख्सियत हमारी शख्सियत में क्या करती है कशिश पैदा करती है मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो फिर आपने फरमाया बुरा करने वालों के साथ हमेशा क्या करो नेकी करो अच्छाई का मामला करो फिर आपने फरमाया अल्लाह पाक ने जो दिया उसका खुश रहा करो सब्र शुक्र से गुजारो अपनी जिंदगी कनात के साथ आपने फरमाया ज़्यादा सोया ना करो, तो ज़्यादा मत सोया करो ज्यादा मत लेटा करो ज्यादा नींद क्या करता याददाश्त को अच्छा तो कमजोर कर देता फिर आपने फरमाया और अज़ान के दरमिया गुफ्तू भी ना क्या करो आजकल देखते हो लोग हो रही होती अजान हो रही होती लेकिन बातें करते हैं फिर भी करती लेकिन इससे बाज रहा करो फिर आपने फरमाया अपनी खामियों पर गौर किया करो और तोहबा किया करो आपने जो भी गुना करे हैं उनके ऊपर थोड़ा सोचा भी करा करो और फिर तौबा भी करा करो तौबा करना ही है लेकिन ये सोचा करो कि यार हमने जो काम करा क्या ये अच्छा है क्या होना भी चाहिए अच्छा है या नहीं है इन बातों पर जरा गौर कर लिया करो फिर आपने फरमाया सबसे लास्ट रोजाना कम अज कम सौ बार इस्तार जरूर कर लिया करो तो ये आपल्ला के चालीस थे जो हमने आपने बतलाया अल्लाह ताली हम लोगों को भी इन उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाला बनाए आमीन।